स्वागत है और आज फिर एक के एक क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ए 2021 के जीएस के पेपर हो चुके हैं और जीएस के हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन के अंतर्गत इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एक फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसकी चर्चा हम लोगों ने किया था आज दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं और इसमें मेरा फोकस ये टू द पॉइंट होता है हमारा जो फोकस है कि रियल में आप आंसर कैसे लिखें क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत ही साधारण किस्म के क्वेश्चन है और अक्सर क्या होता है कि जो जब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बहुत ही साधारण क्वेश्चन है तो फिर आंसर भी साधारण तरीके से लोग लिख देते हैं और उसमें मार्क्स कम आते हैं जहां तक ज्ञान का प्रश्न है तो इस प्रश्न के आंसर लिखने के लिए आमतौर पर जो विद्यार्थी मेंस लिख रहा उसके पास इसके ज्ञान होते हैं लेकिन स्पेसिफिक रूप में किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप आंसर लिख सकें स्टैंडर्ड मैनर में आंसर लिख सकें उसके संदर्भ में हम थोड़ी सी आपके आपको आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि रियली आप आंसर कैसे लिखें राइट तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ लूँ यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान तथा विकास को रेखांकित करें अब ध्यान रखना है कि इस प्रश्न के अंतर्गत दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखना है एक तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान की बात करनी है और उत्थान की बात हमें यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में करनी है और उत्थान के बाद उसका विकास के बारे में भी हमें चर्चा करनी है उत्थान और विकास दोनों दो चीज़ होती है डिफरेंट चीज़ होती है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फोकस करना है इसके कारण के संदर्भ में कि क्यों इसका उत्थान होता है और ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो वर्ड का लिमिटेशन है शब्द है ये ओनली डेढ़ सौ शब्द है बहुत डिफिकल्ट होता है इसके पहले वाले प्रश्न में भी मैंने आपसे चर्चा किया था कि आंसर लिखना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है और आमतौर पर जो हम लोग का एक्सपीरियंस है खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी आंसर लिखने के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप जितना बेहतर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप बेहतर तरीके से आंसर को लिख सकते हैं सपोज कीजिए कि हमें इसका इंट्रोडक्शन लिखना है उत्थान के संदर्भ में इंट्रोडक्शन लिखना तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन लिखना बहुत महत्वपूर्ण काम होता है जब आप आंसर लिखते हैं तो इसके अंतर्गत हमें बात करना है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान तो एक लाइन में अगर हम बात करें कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान का अध्ययन परिवर्तन एवं निरतरता के कारकों के संदर्भ में किया जा सकता है इसको आप लाइन में लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान का अध्ययन परिवर्तन एवं निरंतरता के कारकों के संदर्भ में किया जा सकता है अब देखो परिवर्तन का यहां पर कारक कौन सा है तो परिवर्तन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है ये औपनिवेशिक सत्ता या औपनिवेशिक संस्कृति की बात करें या उपनिवेशवाद की बात करें और इससे औपनिवेशिक सत्ता संस्कृति के साथ साथ भारत में ईसाई मिशनरियों का भी आगमन होता है और ये जो परिवर्तन के कारक हैं परिवर्तन के जो एजेंट हैं जिन्होंने भारतीय समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया उनका उद्देश्य क्या था इनसे परिवर्तन होती है लेकिन उस परिवर्तन के पीछे उनका उद्देश्य क्या था भारत का औपनिवेशिक शोषण करना जब वो भारत पर अपनी सत्ता की स्थापना करते हैं तो भारतीय समाज का जब अध्ययन करते हैं तो वो पाते हैं कि भारतीय समाज में जब तक हम परिवर्तन नहीं करते हैं कुछ तब तक हम इस भारतीय समाज का व्यापक पैमाने पर शोषण नहीं कर सकते हैं तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो परिवर्तन का जो कारक है इसमें एक तो विचारधारा का भी रोल है।, है ना आइडियोलॉजी जो पश्चिमीकरण के रूप में भारतीय समाज में आता है इस समय वो पश्चिमीकरण ही है वैचारिक रूप में यानि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया जो है जिसके अंतर्गत पश्चात की पश्चिम की जो विचारधारा है वो पश्चिम की विचारधारा इस औपनिषिक सत्ता के माध्यम से भारतीय समाज में आती है और उस विचारधारा के अंतर्गत हम स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात करते हैं और ये जो समतावादी विचारधारा है ये यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात नहीं करता ध्यान ये रखना कि इनका सैद्धांतिक आधार अलग है और व्यवहार में इनका आधार अलग है ये विचारधारा जो भारत में आती है इससे हम अवगत किस के, के माध्यम से होते हैं तो हम आधुनिक शिक्षा के माध्यम से होते हैं यानी इनकी जो अवधारणा है पश्चिमीकरण के जो एजेंट हैं जिसमें आधुनिक पश्चिम की शिक्षा भी है आधुनिक सभ्यता भी है और उस आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत तर्कवाद का भी प्रश्न है विज्ञानवाद का भी प्रश्न है उनका एक धर्मपेक्ष चरित्र भी है समानता की भी बात करते हैं स्वतंत्रता की भी बात करते हैं मानवतावाद की बात करते हैं इस तरह के जो चीज़ें हैं ये भारतीय समाज में पश्चिम के आधुनिक शिक्षा के माध्यम से आता है और ये भारतीय समाज में पश्चिम के आधुनिक शिक्षा के माध्यम से आता है तो हमारे जो पश्चिम शिक्षा प्राप्त जो भारतीय हैं इस समय के वो इससे प्रभावित होते हैं एक पहलू तो ये है कि वो इससे प्रभावित होते हैं लेकिन जब आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि केवल पश्चिम के प्रभाव के फलस्वरूप ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं होता है ठीक है ये एक कारक है दूसरा इम्पॉर्टेंट कारक जो कि पश्चिम से आ रही है हमने बात किया कि औपनिवेशिक सत्ता का मुख्य उद्देश्य भारत का औपनिवेशिक शोषण करना था और औपनिवेशिक शोषण करने के उद्देश्य वे भारतीय समाज में नियंत्रित परिवर्तन करना चाहते थे अमूल परिवर्तन नहीं करना चाहते थे तो जो बातें वो कह रहे थे समानता की बात कह रहे थे वो रियल में एक तरह से सार्वभौमिक समानता की बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो भारतीय लोगों के साथ इवन की शिक्षित वर्ग के साथ भी प्रजातिवाद की अवधारणा लागू कर रहे थे और प्रजातिगत भेदभाव उनके साथ भी कर रहे थे तो इनके औपनिवेशिक जो शोषण से जो प्रक्रिया शुरू हुई जो कि पश्चिमीकरण के एजेंट जिसकी चर्चा हमने आपके साथ किया और ये पश्चिमीकरण के पश्चिम के जो आदर्श हैं पश्चिम के जो आइडियोलॉजी है वो आधुनिक शिक्षा के माध्यम से आती है और उस शिक्षा में ईसाई मिशनरियों का भी योगदान होता है लेकिन ईसाई मिशनरियाँ शिक्षा दे करके आपको केवल आधुनिक नहीं बनाना चाह रही थी बल्कि भारतीयों का ईसाईकरण भी चाहती थी जैसे अंग्रेजी सरकार भारत का औपनिवेशिक शोषण करना चाहती थी तो ईसाई मिशनरियाँ भारत का ईसाईकरण करना चाहती थी तो एक तो ये पश्चिमीकरण का जो प्रभाव हुआ पश्चिम शिक्षा का जो प्रभाव है औपनिवेशिक संस्कृति का जो प्रभाव है दो तरफा प्रभाव है एक तो उनका सकारात्मक प्रभाव है कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा लागू किया और इस आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत पश्चिम के विचारों से अवगत हुआ भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और चूँकि भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो भारत का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो सोचना प्रारंभ किया कि भाई अगर हमें इस औपनिवेशिक सत्ता के साथ संघर्ष करना है भविष्य में तो हमें अपने समाज में परिवर्तन करना होगा तो इनके सकारात्मक जो कार्य हैं सकारात्मक कार्य से भी हमारे यहां सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता है सकारात्मक राइट right? और इनके कुछ नकारात्मक वर्क भी है जैसे नकारात्मक हम दो बात यहां पर करें क्योंकि आपके पास लिखने के लिए स्पेस बहुत ही कम है देखो जीएस के क्वेश्चन का जब आंसर आप लिखते हैं तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना और जब वर्ड लिमिट को आप ध्यान में रखते हैं तो फिर क्या होता है कि एक तो सकारात्मक पहलू है कि पश्चिम के हम विचारधारा से अवगत होते हैं पश्चिम की शिक्षा हमारे पास आती है हमारे बीच भी प्रबुद्ध वर्ग का विकास होता है और वह प्रबुद्ध वर्ग अपने समाज एवं धर्म की जो कुरीतियाँ है उसका अवलोकन करता और महसूस करता है कि अगर भारतीय समाज में परिवर्तन करना है सकारात्मक परिवर्तन करना है तो भारतीय समाज को बदलना होगा लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी नकारात्मक जो कार्य हैं जो कि औपनिवेशिक शोषण जो कि आर्थिक क्षेत्र में भी शोषण ये करेंगे और सामाजिक क्षेत्र में भी शोषण करेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र में भी शोषण करेंगे और इस औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी होगी भारतीय समाज में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता है ये बात ध्यान में रखना है क्योंकि एकदम टू द पॉइंट आपको बात करनी है जैसे प्रतिक्रिया क्या हो रही है आर्थिक रूप से भारत में अकाल की बारम्बरता बढ़ बार रही है भूखमरी की बारम्बरता बढ़ बार रही है सामाजिक रूप से जो प्रजातिवाद की अवधारणा वो भारत में लागू करते हैं जहां अंग्रेजों को सर्वश्रेष्ठ पश्चिम के लोगों को सर्वश्रेष्ठ और भारत के लोगों को निकृष्ट मानते हैं इवन कि भारत के पढ़े लिखे लोगों को भी निकृष्ट मानते हैं और सांस्कृतिक रूप से वो अपनी सांस्कृतिक अहंकार सांस्कृतिक सर्वोच्चता की जो, जो उनकी अवधारणा थी इसके विरुद्ध भी भारतीय समाज में प्रतिक्रिया होती है और ये मिलकर के भारतीय समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तो एक तो इस पे बल देना है आपको दूसरा चीज़ हाल के वर्षों में क्या है कि निरंतरता के तत्वों पर विशेष बल दिया गया है ये जो निरंतरता का तत्व हम बात कर रहे हैं ये तौर पर बहुत कम जगहों पर ये अवेलेबल है क्योंकि आधुनिक की जो रिसर्च आप पढ़ेंगे तो आधुनिक इतिहासकारों ने इस बात पर बल दिया है कि क्या उन्सवी शताब्दी में ही भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता है यह भारत में सत्रहवीं अठावी शताब्दी में भी सुधार आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जैसी कोई प्रक्रिया चल रही थी और उसकी निरंतरता का प्रभाव भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान पर है तो आमतौर पर स्टूडेंट इस पहलू को नज़रअंदाज करते हैं या इसके बारे में कम जानकारी होती है दरअसल जब आप 18वीं शताब्दी का अध्ययन करेंगे तो अठारहवीं शताब्दी में बंगाल में अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में दो इम्पोर्टेंट समाज का डेवलपमेंट हुआ था कार्थवाज समाज एक है और एक बलरामी संप्रदाय है राइट right? ये ग्रुप है और ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 18वीं शताब्दी में ही करता है ध्यान ही रखना है कि इनके जो सुधार आंदोलन है ये 18वीं शताब्दी में ही है और इनके सुधार आंदोलन का विषय वस्तु वही चीज है जिसकी विषय वस्तु को लेकर राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और ब्रह्म समाज जिन विषय वस्तु को लेकर के भारतीय समाज में परिवर्तन करना चाहता है उसकी निरंतरता अठावीं शताब्दी में कर्थवास समाज और बलरामी जो संप्रदाय है इसकी अवधारणा में भी देखने को मिलती है क्योंकि कर्थवास समाज और बलरामी संप्रदाय जो है जातिवाद का विरोध करता है अस्पृश्यता का विरोध करता है महिलाओं के उत्थान की बात करता है मूर्ति पूजा की का विरोध करता है पुरोहित वाद का विरोध करता है एकेश्वरवाद का समर्थन करता है ये आमतौर पर जो सामान्य पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें आपको नहीं मिलेगी लेकिन अगर आपको जानकारी है कि निरंतरता का तक, इस तरह का चीज़ बाहर में भी आप जाकर देखेंगे कि राजस्थान में चरणदासी संप्रदाय है तो राजस्थान में भी चरणदासी जो संप्रदाय है उसमें इसी तरह की इश्यूज़ थे 18वीं शताब्दी में भी चूंकि बंगाल की हम बात कर रहे हैं कि बंगाल चूंकि दोनों आंदोलन बंगाल से संबंधित है जहाँ पर हमें फोकस करना है तो हम इससे निरंतरता के तत्व को भी नजरअंदाज नहीं करें एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपके एंसर में आधुनिक रिसर्च आएंगे जो नई रिसर्च आएगी उस नई रिसर्च के फाइंडिंग्स को आप अगर डालते हैं तो फिर एक या दो मार्क्स आपको अधिक मिल जाते हैं और हमें क्या करना है? हमें तो मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हैं देखो सिविल सेवा की तैयारी जो लोग करते हैं हम मार्क्स के लिए तैयारी करते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहिए तो कुल मिला अगर हम बात करें कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन परिवर्तन के जो कारक हैं उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया उसके विपरीत प्रतिक्रिया या उसके अनु, अनुरूप प्रतिक्रिया जो होती है उसके प्रति फल के रूप में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उन्नीसवीं शताब्दी में होती है भारत में और उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उसमें कुछ निरंतरता के तत्वों की भी भूमिका है इसलिए इसे निरंतरता के संदर्भ में भी निरंतरता के तत्वों के कारक के संदर्भ में भी इसके उत्थान को देखा जा सकता है इतनी चर्चा करने के बाद आप दो चीजों पर आइए जो कि रेफरेंस आपको देना है राइट अब ध्यान रखना है कि यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी बीबीएन डेरोजियो के द्वारा शुरू किया जाता है दरअसल ये हिंदू कॉलेज का उन्नीस सौ ईस्वी में ये प्रोफेसर नियुक्त होते हैं और इन्होंने अपने छात्रों के बीच तर्कवाद हेतुवाद बुद्धिवाद आधुनिक के विज्ञान की जो संकल्पना है उस परिच परिचर्चा करते हैं और परिचर्चा करते हैं तो इनके संदर्भ में कहा जाता है कि ये एक तरह से अमूल परिवर्तनवादी थे यानी इनका जो दृष्टिकोण है ये रेडिकल दृष्टिकोण है और रेडिकल दृष्टिकोण है तो इसके अंतर्गत क्या है कि इन्होंने छात्रों का एक ऐसे ग्रुप का निर्माण किया कलकत्ता में विशेषकर और कुछ प्रबुद्ध भारतीयों का भी जिन्होंने भारतीय जो परम्पराएँ हैं भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है भारत की जो धार्मिक व्यवस्था है उसकी कटु आलोचना करना शुरू किए और इन लोगों ने पश्चा पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है जिसकी चर्चा हमने किया यहाँ पर कि पश्चिमीकरण जो है इस पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को ये भारत के रूपांतरण के लिए बहुत आवश्यक मानते थे और इसलिए इनके जो इनके जो ग्रुप्स थे उसमें एक तरफ तो विज्ञान की बात करेंगे तर्क की बात करेंगे समानता की बात करेंगे स्वतंत्रता की बात करेंगे बंधुत्व की बात करेंगे मानवतावाद की बात करेंगे दूसरी तरफ ये मांस मदिरा के सेवन पर भी बल देंगे जो कि भारतीय परंपरा के विरुद्ध था राइट और भारतीय परम्परा की कट्टु आलोचना करेंगे राइट और इसके माध्यम से एक -क -क ऐसे ग्रुप का डेवलपमेंट इन्होंने किया जो पूरी तरह से अपने आप को भारतीय परंपरा से भारतीय संस्कृति से अलग दिखाने का प्रयास करता है चूंकि इन्होंने भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की कटु आलोचना किया इसलिए इनका प्रभाव बहुत व्यापक नहीं होता है और दुर्भाग्य से इनकी बहुत जल्दी मृत्यु भी हो जाती है जो कि अठारह सौ में हैंडी बिबियन डरेजू की मृत्यु हो जाती है भारत में एक चीज़ ध्यान रखना है कि भारत में अभी भी वर्तमान समाज में कहा जाता है कि भारतीय जो लोग हैं ये आधुनिकतावादी भी हैं और परम्परावादी भी हैं तो उस समय जब उन्नीस में इनके द्वारा कट्टू आलोचना की गई तो उसका बहुत सपोर्ट नहीं मिला और लेकिन इनका जो विचार है ये इससे ज़्यादा प्रभावित हैं परिवर्तन के पश्चिमीकरण की जो विचारधारा है उससे ज़्यादा ये प्रभावित हैं और हालांकि ये समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सके लेकिन भारतीय समाज में परिवर्तन के आधार को तैयार करने में इनकी भी भूमिका है दूसरा जो रिफरेंस है आपको ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना अठारह सौ अट्ठाईस ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था हमें ज़्यादा नहीं जानना है ध्यान ये रखना है कि चूँकि हमारे पास लिमिटेशंस है शब्दों का तो हम टू द पॉइंट बात करें और ब्रह्म समाज जो है भारतीय समाज में जो सुधार लाने की बात है उसमें स्त्रियों के जो मुद्दे हैं जो स्त्रियों के जो मसले हैं उसको बड़ा इम्पोर्टेंट रूप में उभारा था जिसमें उसने कहा कि सती प्रथा के विरुद्ध इसने अभियान चलाया और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया कन्या हत्या के विरुद्ध भी अभियान मतलब इन लोगों ने चलाया उसको भी गैर कानूनी घोषित किया गया इसके अलावे जाति प्रथा का इन्होंने विरुद्ध किया अस्पृश्यता का इन्होंने विरुद्ध किया स्त्रियों की शिक्षा की बात की स्त्रियों को आर्थिक अधिकार देने की बात की तो समाज में इस तरह के सुधार की बात एक कर ही रहे दूसरी तरफ इन्होंने धर्म के क्षेत्र में खासकर करके हिंदू धर्म के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों से प्रेरणा ली और उपनिषदों से प्रेरणा लेकर के राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद पर बल दिया और पुरोहितवाद का विरोध किया बांग्ला भाषा में धार्मिक साहित्यों की रचना पर बल दिया और मूर्ति पूजा जो बहुदेवाद मूर्ति पूजा है और उसमें जो अंधविश्वास था उस अंधविश्वास का उन्होंने विरोध किया और भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है और यह पुनर्जागरण का प्रणेता भी कहा जाता है तो आप इस पे फोकस करेंगे लेकिन इसके बाद आप बात करेंगे विकास पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो आंदोलन होती है दोनों ही इसमें परिवर्तन के प्रभावित भी परिवर्तन की प्रक्रिया से प्रभावित आंदोलन बाद के दिन में भी होती है जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर ने स्त्रियों की शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान किया जो कि परिवर्तन से प्रभावित हैं और फिर आप देखेंगे आर समाज जो कि निरंतरता के तत्वों से प्रभावित है आर समाज जो कि भारतीय समाज में एकीकरण का प्रयास करता है या फिर प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में भी इस तरह की प्रक्रिया दिखाई देती है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान और विकास है वह परिवर्तन और निरंतरता के कारकों से प्रभावित रही है यह दूसरी बात है कि परिवर्तन के जो कारक हैं अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रभावी रहे और इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं